छतरपुर में खनिज विभाग ने अवैध रेत का परिवहन करने वालों पर कार्रवाई की खनिज विभाग ने अवैध रेत के ट्रैक्टर जब्त कर कर कार्रवाई शुरू दी है। छतरपुर खनिज विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए छह ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया है खनिज विभाग की टीम ने गायत्री मंदिर पर बनी अवैध रेत मंडी में जैसे ही छापा मारा वैसे ही रेत से भरे ट्रैक्टर चालकों में हड़कंप मच गया चालक अपना वाहन लेकर भागने लगे इस दौरान खनिज विभाग ने ट्रैक्टरों को जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है अभी अभी वहाँ छापा डाला गया था खनिज विभाग में इसके द्वारा जो पांच ट्रैक्टर मिले हैं ओवरलोड में जिन्हें जब्त किया गया है और यहाँ यातायात में खड़ा किया गया है इनकी जाँच की जा रही है कि जो वैध होंगे तो कुछ छोड़ा जाएगा जो अवैध होंगे उन जुर्माना किया जाएगा वो सब जांच चल रही है बीच बीच में कार्रवाई होती रहती है वो सब चेक कर लेंगे वो का काम है पुलिस का काम है पुलिस विभाग ये नहीं देखती राल है कि नहीं है हम राली देखते हैं कि राल है कि नहीं ओवर लोड कुछ में राल्टी है कुछ में ओवर है